ये देखो कुछ ऐसा है ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है ये देख सकते हैं और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे द्वार पर गाइस ये द्वारका पर द्वारका एक्सप्रेस ये एक गाइस आपको बता दू ये है सेक्टर 88 गुड़गांव सेक्टर 88 बी तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये वो ये एक्सप्रेसवे है ये चल रहा है ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं आपको तस्वीरें क्यूज जो इसका वो बनाया गया था लोहे का ब्रिज वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि वो बन के कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ पा, हो पाया है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाई ये ग्राउंड लेवल पे ही चल रहा है तो यहां से ये हो जाता है अब एलिवेटेड ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से कि किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये भरे जा रहे हैं पिलर ये आपको बता दू ये अंडरग्राउंड है नीचे अब वो है ऊपर चढ़ने के लिए ये देख सकते हैं क्योंकि जो स्टैंड करने का काम चल रहा था वो इस ब्रिज का है देख सकते हैं वो रहा आगे और आपको दिखाते हैं ये चल कर के कितना ये एक्सप्रेसवे वे पे बर्क हो चुका आप लोग खुद ही देख सकते हो कि इस 50 परसेंट काम हो गया 50 परसेंट अभी बाकी है तो कंस्ट्रक्शन यहाँ तेजी के साथ में चल रहा है और दोनों साइड में ही चल रहा है गाई देख सकते हैं दोनों साइड में ही ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाई तो हम चलेंगे यहां से बिल्कुल सीधे ये देख सकते हैं क्योंकि इसी को स्टैंड करने का काम चल रहा था जो ये सामने ब्रिज चमक रहा है आप लोगों को और अभी उसके पे पास चल रहे हैं और देखिए ये पैरा फिट बॉल लगाने का काम ये चल रहा है आपकी साइड में तो यहाँ पर हो चुका है और बीच बीच में देखिए ये ब्लैक टॉप का काम भी हो चुका है ये देख सकते वाह भाई वाह क्या नजारे हैं देखो द्वारका एक्सप्रेसवे वे और यहां से हम हो जाएंगे राइट और आप चलेंगे सीधे और आपको बता दू क्या गाय से यहां पर बनाया जा रहा है इंटरचेंज खिड़की दौला गुरुग्राम का इंटरचेंज बनाया जा रहा है और आपको बता दूं कि जो जो स्टील का वो बनाया गया है ब्रिज वो देखो किस तरीके से बना गया है कौन सा ब्रिज है तो आप लोगों को अब दिखा देते हैं अब दिखाते हैं दोनों साइड में करके अब वो टाइम आ गया है दिखाने का गाइस तो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते भी हैं चलो तो दोस्तों कुछ ऐसा ये ब्रिज बनाया जा रहा है देख सकते हैं और ये स्टील का ही बना हुआ है देखो कितना लंबा चौड़ा ये ब्रिज बनाया जा रहा है इसके ऊपर ही स्टैंड किया जा रहा है और देख सकते हैं इस पर पे पैराफिट वॉल अभी नहीं लगे हैं और इस पर आपको बता दूं कि ये जोड़ने के ये जो कर्ब हैं साइड के ये जोड़े जा रहे हैं लॉन्चर वो लगा हुआ है और जोड़ने के बाद में फिर इस पर ब्लैक टॉप का, का काम किया जाएगा तो देख सकते ये कंक्रीट की मदद मतलब से ये जोड़ा जाएगा और इसको बोलते हैं हम देखो ये है लॉन्चर इस तरीके से ये लॉन्चर जोड़ता है हमें तो मैं दिखाता हूँ आपको उधर से नज़ारे देख सकते हो ये हम गुरुग्राम के अंदर हैं खिड़की दौला आगे ही पड़ेगा और वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाई ये देखो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कुछ ये थीन है यहाँ का तो मैं उधर से दिखाता हूँ आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से ये स्टैंड किया जा रहा है देखो चढ़ने उतरने के लिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है गाई तो अब यहाँ से हम चलेंगे खिड़की दौला खिड़की दौला इंटरचेंज दिखाएंगे आपको और देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा है ये क्रहण मशीन देख सकते हो कितनी भारी भरकम है, है ये देखो कुछ ऐसा है ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है ये देख सकते हैं और यह है द्वारका एक्सप्रेसवे पर गाइड ये द्वारका पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर है और, और देखिए जो यहाँ कंपनी वर्क कर रही है वो है एल एन द्वारा ये ब्रिज बनाया जा रहा है स्टैंड किया जा रहा है गाइड्स तो कम्प्लीट इसका थोड़ा सा मतलब कंप्लीट ही है वो थोड़ा सा तो वो वहाँ पर बचा हुआ है वो वाला बीच वाला इसका बचा हुआ है बाकी तो ये कंप्लीट कर लिया गया देख सकते हैं क्रेन मथिन कितनी लंबी चौड़ी है और ये इस तरीके से यह बनाया जा रहा है इंटरचेंज ये देख सकते हैं ये स्टैंड कर दिया गया है अब इस फ्लोरिंग का, का काम किया जाना है जो कर भी साइड के जोड़े जा रहे हैं ये भी काफ़ी भारी भरकम है भाई बहुत टाइम लगता है इन्हें जोड़ने में तो बस यही नज़ारे हैं यहाँ के और आप चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के अब चलते हैं आगे अब दिखाते हैं आगे की तस्वीरें कहा कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाई ये देख सकते हैं ये इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है चढ़ने उतरने के लिए ये देख सकते हैं ये चारों तरफ घूम रहा है ये देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है और ये है गोल चक्कर यहाँ का ये देख सकते हैं अब मैं पूरा ही आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का कि क्या क्या है ये देखो स्टैंड किया जा रहा है यहाँ पे खिड़की दौला के लिए चला जाता है इधर ये देख सकते हैं तस्वीरें ये कुछ इस तरीके से ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है देखो काफी लंबा चौड़ा इंटरचेंज है यहाँ का ये देख सकते हैं पूरा आप लोगों को दिखा देते हैं और यहीं से यह है पूरा इंटरचेंज गाइस देख सकते हैं तस्वीर है देखो ये गुरुग्राम के लिए पता नहीं किधर से जाएंगे ये देखो मैं पूरा ही आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है और यहां पर इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है पूरा इंटरचेंज ये बनके कंप्लीट हो जाएगा गाइस देख सकते हैं और यहाँ से हम चलेंगे खिड़की दौला ये खिड़की दौला के लिए दिखा रहा है तो हम चलेंगे इधर ही ये तो मानेश्वर के लिए जा रहा है और ये जा रहा है खिड़की दौला तो हम चलेंगे खिड़की दौला के लिए और देख सकते हैं आप लोग लॉन्चर कितने लंबे लंबे लॉन्चर हैं यहाँ पे बाहरी भरकम चलते हैं आगे देखते हैं चल के कि यहाँ से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं तो यहाँ पर तो ये बंद है ये बंद सही लग रहा है वो उन्होंने गाड़ी घुमा दी तो ये है उधर से पल्ली साइड से है वहाँ से चलेंगे हम अच्छा घूम के ये अंडर पास भी है देखो सीधे जाने के लिए अंडर पास है और उधर से आएंगे तो अंडर पास है देख सकते हैं ये सीधे जाने के लिए अंडर पास है भाई तस्वीरें आप लोग देख सकते हो नज़ारे यहाँ के क्यों काफी मन्नतों के बाद में ये ब्लॉग आप लोग ये वीडियो आप लोगों को देखने में देखने के लिए मिलेगा के पी संत के चैनल पर गई हम चलेंगे यहाँ से ये वाला है हम उधर गलत चले गए थे तो यहाँ से हम निकलेंगे जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है एन एच पर चलेंगे हम और देख सकते हैं बिल्डिंग्स कितनी ऊंची-ऊंची हैं और ये फ्लाई स्टार्ट हो जाता है यहाँ से ऐसे जा, चला जाएगा तो आगे का भी आपको इंटरचेंज देखने के लिए मिलेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तेजी के साथ होगा देखो कुछ ऐसे करब हैं ये जोड़े जाते हैं जो एन एच एट अच्छा मिला रख दिए गए हैं अभी तक और आपको बता दें कि रोड्स तो ये बना दी गई रोड भी देख सकते हैं अभी जो इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिकसिटी के जो खम्बे हैं वो लगा दिए गए हैं इन पर लाइटें नहीं लगाई गई हैं और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकसिटी देखो यहाँ पर किस तरीके से ये हैदा देखो ये एक्सप्रेसवे का ही है ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग ये हैं नज़ारे यहाँ के और ये आज क्या है? देख सकते हैं खिड़की दौला यहाँ से निकल जाएगा ये ये निकल जाएगा मानेश्वर के लिए सीधा और यहां से हम चलेंगे आज सकते हैं ये हैं अभी खिड़की दौला में मैं खड़ा हुआ हूं खिड़की दौला और यहाँ से इधर हम जाएंगे तो ये चढ़े जाएंगे गुड़गांव के लिए इधर दिल्ली गुड़गांव के लिए इधर होते हुए और आपको बता दूं कि ये है द्वारका एक्सप्रेस वे और यहाँ से ये बिल्कुल सीधे जाएंगे तो हम डेली मुंबई एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे यानी कि महालेश्वर के लिए ये चला जाता है बिल्कुल सीधा डेली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा और आपको बता दूँ ये है एन ये देखिए और आपको बता दो अगर इधर हम जाते हैं उधर जाते हैं तो हम जयपुर के लिए चले जाएंगे और ये जयपुर की साइड से ही ये आ रहे हैं तो आपको बता दो पहले ये बीच से निकल रहा था और अब इन्होंने यहाँ पर बीच में ये लगाए जा रहे हैं देख सकते हैं ये स्टैंड किए जा रहे हैं आपको जो इसके वो हैं इसके जो गाटर हैं देखिए वो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है बीच में बीच में गाटर लॉन्चिंग करी की जा रही है तो इसी वजह से इन्होंने साइड में तो ये ट्रैफिक को खोल दिया गया और साइड के ये हैं जो पहले इन्होंने कर दिया तो और आपको बता दो ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए चले जाएंगे जब हम जयपुर की साइड से सा आएंगे इधर से भी जा सकते सॉरी ये जयपुर से आएँगे तो हम जा सकते हैं ऐसा करके इस तरीके से यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर के लिए और यहाँ से डेली मुंबई डेली मुंबई एक्सप्रेस के लिए चले जाएँगे उधर से और आपको जब हम उधर से आएँगे तो वो चला जाता है उधर के लिए गाइड तो कुछ ये सीन है यहाँ का देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें ये है तो चलो पास से ही आप लोगों को दिखाते हैं एक बार ये जयपुर की साइड से बहन आ रहे हैं गाइड ये जयपुर की साइड से बहन आ रहे हैं तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोनों साइड में तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की क्योंकि दपहरी का टाइम है पर अभी ज़्यादा चमक नहीं रहा है देख सकते हैं आप लोग यहाँ जिधर आप नज़र उठा कर देखेंगे उधर ही आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा क्योंकि जब हम ये जयपुर की साइड से आएंगे और इस तरीके से ऐसे हम चढ़ जाएंगे इस पर डेली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए जो चला जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा गाइड तो यहाँ पर अभी स्टेंड करने का काम चल रहा है जो कि इसके गाटर हैं अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और इधर तो देखो कम्प्लीट तक कर लिया गया है तभी इसमें मतलब सन दो तेईस के लास्ट तक ये बनके कंप्लीट हो जाएगा पर चलने भी लग जाएगा और आपको बता दें यहाँ एलएनटी द्वारा बर्फ चल रहा है एलएनटी एन यहाँ पर काम कर रही है गई देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें है। ये हैं नज़ारे यहाँ के काफ़ी वक्त लगे हुए यहाँ पर इसको बनने में गई देख सकते हैं तस्वीरें है।